आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिग्रेशन के बारे में तो रिग्रेशन बेसिकली होता क्या है और रिग्रेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके साथ साथ जो है इस वीडियो में जो है मैं आपको लीनियर रिग्रेशन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा और लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी जो उसके सब टाइप्स होते हैं उन सभी को डिस्कस करते हुए हम इस वीडियो को एंड करेंगे सो लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन तो रिग्रेशन जो है बेसिकली आपका एक स्टेटिस्टिकल मेथड होता है जो कि हमें मॉडल डेवलप करने में या फिर हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है हमारे डेटा सेट के अंदर उसके अंदर से रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए हमें हेल्प करता है अब रिग्रेशन बेसिकली ये आपकी सुपरवाइज लर्निंग की एल्गोरिदम है और रिग्रेशन के अंदर जो है हम क्या करते हैं एक मॉडल डेवलप करते हैं जो कि हमें रिलेशनशिप हेल्प करने में फ़ाइंड आउट करता है बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब यहाँ पे जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है यहाँ पे जब भी मैं वेरिएबल की बात करूँगा तो वेरिएबल का मतलब है मेरे जो डेटा सेट के अंदर कॉलम्स होते हैं उन कॉलम्स को मैं यहाँ पे बोलते हैं वेरिएबल या फिर टेक्निकल टर्म्स में हम उसे बोलते हैं पैरामीटर तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यूज या फिर जिसका आउटपुट जो है किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि किसी भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता किसी भी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता उसकी वैल्यू जो है हमें प्रोवाइडेड रहती है तो जो हमारा रिग्रेशन का गोल है रिग्रेशन एनालिसिस का गोल है वो गोल हमारा यह है कि हमें जो है आइडेंटिफाई करना होता है स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप यानी कि जो भी हम रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं बिटवीन द वेरिएबल्स तो उसकी जो है हमें स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी होती है और अगर वो स्ट्रेंथ हमारी अच्छी रहती है तो हम जो है उस डेटा सेट का यूज़ जो है प्रडिक्शंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ को हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अब हमारा जो रिग्रेशन का मॉडल होता है ये बेसिकली बहुत सारी फॉर्म्स में होता है सचे से लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन और पोलिनोमियल रिग्रेशन अब ये सभी जो मैंने यहाँ पर आपको रिग्रेशन के टाइप्स बताए ये बेसिकली डिपेंड करता है कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनका नेचर क्या है रिलेशनशिप के अंदर तो जनरली जो आपने मेथड्स देखे होंगे रिग्रेशन के उनमें काउंट होता है हमारा लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन और पॉलिनोम रिग्रेशन अब यहाँ पे जो है हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली लीनियर रिग्रेशन की तो लीनियर रिग्रेशन भी क्या है आपका अब रिग्रेशन का ही सब टाइप है तो इसकी भी डेफिनेशन जो है रिग्रेशन से मैच करती है दैट इट इज़ अ स्टेटिस्टिकल मैथड यूज टू एस्टैबलिश अ रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो इसकी भी जो है सेम डेफिनेशन है कि ये हमारा स्टिस्टिकल मेथड है जिसके अंदर जो है हम रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल का मतलब है हमारे डेटा सेट के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं कॉलम्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं यहां पे वेरिएबल अब लीनियर रिग्रेशन का हम कहा ऐसा तो नहीं है कि हर एक डेटा पे हम लीनियर रिग्रेशन इंप्लीमेंट कर देंगे और हमारी प्रोडिक्शन सही हो जाएगी तो लीनियर रिग्रेशन को जब हम प्रोडिक्शन के लिए यूज करते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो, जो भी हमारे पास डेटा सेट है वो डेटा सेट कॉन्टिन्यूस हो रियल हो या फिर न्यूमेरिक वैल्यूज से फेडअप हो न्यूमेरिक फॉर्म वाले डेटा सेट का हमारे पास एग्जांपल है सेल्स डेटा सैलरी डेटा एज डेटा प्रोडक्ट प्राइज एट्सट्रा अब इन सभी में अगर मैं आपको एग्जांपल लेता हूं एज डेटा जो कि सभी ने सुना होगा कॉमन डेटा का नेम है अब आपकी एज जो है, होती है वो कॉन्टीन्यूस होती है कॉन्टीनस का मीनिंग है वो डे बाई डे बढ़ती है ऐसा नहीं है कि अगर आज आपकी एज ट्वेंटी ईयर्स है तो नेक्स्ट डे आपकी एज ट्वेंटी फोर हो जाएगी तो ये जो एज है यानी एज का जो डेटा है हमारा क्या हुआ कॉन्टीन्यूस डेटा हुआ तो जहाँ पे भी कॉन्टीन्यूअस और न्यूमेरिक डेटा होगा वहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन का यूज कर सकते हैं टू मेक प्रडिक्शंस तो लीनियर रिग्रेशन का जो हमारा मोटिव है जो हमारा गोल है उसको एनालाइज करने का डेटा सेट के थ्रू वो ये है कि हम एक रिग्रेशन लाइन को फाइंड आउट करते हैं जो कि बेस्ट फिट होगी हमारे डेटा के अकॉर्डिंग और दो वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप को वो रिप्रजेंट pre करेगी तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अब आपने बहुत जगह इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस भी देखा होगा तो यहाँ पे y क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है अब हमें कैसे पता चलेगा इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो जो भी हमारी वैल्यू कैलकुलेट होती है किसी भी इक्वेशन के अंदर वो राइट right साइड में कैलकुलेट होती है और लेफ़्ट साइड के वेरिएबल में जाके स्टोर होती है तो लेफ़्ट साइड का जो भी वेरिएबल होगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है बिकॉज वो दूसरे वेरिएबल की कुछ वैल्यूज से कैलकुलेट होकर हमें आउटपुट जनरेट कर रहा है और यहाँ पे x क्या है हमारा x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमें हमारे डेटा सेट के अंदर की रहेगा m है हमारा स्लोप ऑफ लाइन स्लोप आप सभी जानते हैं जो कि y बाई एक्स होता है y बाई एक्स का मीनिंग है जो कि मैथेमेटिकल अगर आपने कोई भी टू डी ग्राफ देखा है टू डायमेंशनल ग्राफ देखा है उसके अंदर जो सेंटर में लाइन पास हो रही होती है उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन और बी है हमारा यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ वाई अब आप यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स में से इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं और लिमन लैंग्वेज में जो है हम इसे कुछ कांस्टेंट से डिनोट करते हैं जो कि बेसिकली आपका अगर समटाइम्स डेटा में कुछ एरर है तो उस एरर को रिमूव करने के लिए जो है ये कांस्टेंट की वैल्यू आप या फिर साइंटिस्ट जो है इस इक्वेशन के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं अब हमारा लीनियर रिग्रेशन जो है इसको जो है हम प्रिडिक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इन्फेरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं प्रिडिक्शन आप सभी जानते हैं अगर हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है कोई फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट डेटा बट इन्फेरेंस क्या होता है अब इन्फ्रेंस जो है डेटा साइंस के अंदर एक टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको लेमर लैंग्वेज में हम बोलते हैं टेस्ट हाइपोथिस अब हाइपोथेसिस के बारे में मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि एज पर द डेटा एज पर द डेटा सेट एज पर द प्रॉब्लम हम जो है एक हाइपोथेसिस मानते हैं जैसे कि हम मैथेमेटिक्स के अंदर अगर किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं लेटेस्ट एज्यूम द वेरिएबल ए तो वहाँ पर जो एजम्पन वाला काम हो रहा होता है मैथेमेटिकल के अंदर यहाँ पे जो है हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या हमारा आउटपुट होना चाहिए हम उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस तो यानी कि हाइपोथेसिस का मीनिंग है हमें कुछ एज्यूम करना है कि इसका ये आउटपुट हो सकता है अब लीनियर रिग्रेशन जो मॉडल होता है हमारा ये हमारा एक स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन हमें प्रोवाइड करता है जो कि हमें रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स अब ये आपका वो एग्जैक्ट रिग्रेशन मॉडल है जो कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ये ब्लू डॉट्स हैं ये हमारे कहलाते हैं डेटा पॉइंट्स और जो सेंटर में स्ट्रेट लाइन जा रही है जिसको अभी यहाँ पे मैंने आपको स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन के नाम से बताया है एक्सप्लेन किया उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन या फिर रिग्रेशन लाइन तो ये जो ब्लू कलर के डेटा पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये बेसिकली जो भी हमारा डेटा सेट था उसके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स थे उनको जो है यहाँ पर विजुअलाइज किया गया है उनको यहाँ पर प्लॉट किया गया है ये एक नॉर्मल टोडी ग्राफ है जहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है और वाई एक्सिस के अंदर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल सेम है तो ये जो है हमारा जनरल लीनियर रिग्रेशन का एक ग्राफ होता है एक मॉडल होता है जो कि जनरली इस तरीके से दिखता है और इसको आप जो है अपने एग्जाम्स में अपने इंटरव्यूज़ में कहीं पर भी इसको आप एक्सप्लन कर सकते हैं इसको विजुलाइज कर सकते हैं टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन अब लीनियर रिग्रेशन जो आपने समझा जो आपने यहाँ पे डायग्राम देखे जो अपने यहाँ पे की पॉइंट्स को समझा अब इसके अंदर हमारा दो तो टाइप के अंदर हम जो है लीनियर रिग्रेशन को डिवाइड करते हैं पहला टाइप इसके अंदर आता है हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बस इतना सा चेंज है अगर हमारे पास एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका हम यूज कर सकते हैं predict the value. और वैल्यू किसके हम प्रिडिक्ट करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल की तो जब भी हमारे पास सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा हम जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन उसको कह सकते हैं और उसको जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं अब जो लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारी रिग्रेशन लाइन उसकी इक्वेशन क्या होगी उसकी हमारे यहाँ पर इक्वेशन होती है वाई इज़ इक्वल x अब यहाँ पे y क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है x क्या है इनडिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे भी प्रीवियस में मैंने आपको जनरली बताया था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी तो वहाँ पे m क्या था स्लोप था और b क्या था हमारा इंटरसेप्ट था सेम यहाँ पे भी है हमारा यहाँ पे b नोट क्या है इंटरसेप्ट है y का और बी वन क्या है स्लोप ऑफ लाइन है अगर आप इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के साथ कंपेयर करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली मैच करती हैं एग्जैक्टली सेम है ये हमारा एग्जाम्पल है सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जिसके अंदर आप देखेंगे एक सिंगल लाइन जो है यहाँ पे सेंटर में जनरेट हो रही है और इस रेड लाइन को हम बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन और ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं आप सभी जानते हैं आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं इनको हम बोलते हैं डेटा पॉइंट्स तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा डेटा सेट है इसको जब हमने यहाँ पे विजुलाइज़ किया विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन तो जो हमारी रिग्रेशन लाइन जनरेट हुई उस रिग्रेशन लाइन के आसपास ही उस रिग्रेशन लाइन के नियर बाय ही जो है हमारे डेटा पॉइंट्स प्लॉट हो रहे हैं विजुलाइज़ हो रहे हैं तो जब भी आपके पास ऐसी लाइन जनरेट होगी रिग्रेशन लाइन जिसके आस जिसके नियर बाई डेटा पॉइंट्स जनरेट होंगे प्लॉट होंगे विजुलाइज होंगे तो इसका मतलब है कि आपने जो रिलेशनशिप डेवलप किया है बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है और आपने जो है एक सही एल्बोरिदम को यूज़ किया है अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा सेकंड टाइप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अब ध्यान से अगर आप इस इक्वेशन को समझेंगे इस टर्म्स को समझेंगे तो इसके अंदर भी क्या है लीनियर रिग्रेशन है बट क्या है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या हो जाएगा हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे और उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का यूज़ करके हमारे वैल्यूज़ को प्रोडिक्ट करेंगे और एक बार फिर हम कौन सी वैल्यूज़ को प्रोडिक्ट करेंगे हम प्रोडिक्ट करेंगे हमारे इंडिपेंडेंट की वैल्यूज़ को तो जहाँ पे मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वहां पे हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का यूज करेंगे और मल्टीपल लीनियर इग्रेशन को जो हम मल्टी लीनियर रिग्रेशन के नाम से भी समाइम अप्रीवेट करते हैं या फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की जो इक्वेशन होती है हमारे मॉडल की वो ये होती है y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू प्लस अप टू बी ऑफ़ एन इन टू एक्स ऑफ तो ये देखिए लीनियर रिग्रेशन है तो लीनियर रिग्रेशन का मीनिंग है कि इसके अंदर जो है हम एक ही ऑर्डर में बात करेंगे यानी कि जो हमारी इक्वेशन होगी इसका जो हमारा ऑर्डर होगा डिग्री होगी वो हम सिर्फ वन के टर्म्स में बात करेंगे वेरिएबल्स हमारे बढ़ते जाएंगे हमारे स्लोप हमारा बढ़ता जाएगा बट इसको जो हम सेकेंड ऑर्डर में सेकेंड डिग्री में नहीं लेके जाएंगे, थर्ड ऑर्डर में थर्ड डिग्री में नहीं ले कर अब ऑर्डर डिग्री का मीनिंग है कि आप देखेंगे ये जो टर्म्स है बी वन एक्स और अगर यही चीज़ सेकेंड डिग्री में होती तो ये हो जाता हमारा बी वन प्लस बी टू का स्क्वायर, बी थ्री का क्यूब तो स्क्वायर और क्यूब्स में जो है हमारी इक्वेशन नहीं होती आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है बिकॉज हम लीनियर एग्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है मल्टीपल लीनियर इग्रेशन मॉडल की अब इसके अंदर भी सेम हमारा कॉन्सेप्ट है वाई इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वन एक्स टू अपू एक्स ऑफ एन जो भी हमारे एक्स होंगे वो हमारे क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और बी नोट क्या होगा हमारा वो होगा हमारा इंटरसेप्ट और बी वन अप टू बी ऑफ़ एन जो होंगे ये होंगे हमारे स्लोप ऑफ लाइन्स तो अभी आपने तीन इक्वेशन को देखा तीन इक्वेशंस को समझा तीनों इक्वेशंस को समझने के बाद आप समझ गए कि लेफ़्ट साइड में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है राइट right साइड में जो भी हमारा वेरिएबल होगा x1, x2 वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उन x1, x2 के साथ जो हमारा एक और वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम b यूज़ कर रहे हैं कहीं पे हम m यूज़ करते हैं तो b और m वो होता है हमारा स्लोप ऑफ लाइन यानी मैथमेटिकल जो हमारा स्लोप होता है ग्राफ के अंदर वो हम यहाँ पे उस वेरिएबल से डिनोट करते हैं और इन इक्वेशंस के अंदर जो है हम यहाँ पे सिंगल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं जिसके साथ कोई भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है जैसे कि बी नोट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो बी नोट होगा हमारा इंटरसेप्ट और या फिर हम उसे बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट अब यहाँ पे आप अगर इस ग्राफ को समझेंगे इस ग्राफ को एज़्यूम करने की कोशिश करेंगे इस तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तीन हमारे रिग्रेशन लाइन जनरेट हो रही है तीन रिग्रेशन लाइन जनरेट होने का मीनिंग है मल्टीपल रिग्रेशन लाइन जनरेट हुई मल्टीपल रिग्रेशन लाइन जनरेट होने का मीनिंग है कि हमारा यहाँ पर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज़ हुआ और हमारा वो फीचर सेम रहते हैं रिग्रेशन लाइन हम इनको बोलते हैं और उसके नियर बाय जितने डेटा पॉइंट्स होंगे वो हमारी वैल्यूज़ को प्रोडिक्ट करने में हेल्प करते हैं अब रिग्रेशन आपकी वैल्यूज़ को प्रोडिक्ट करने में कैसे हेल्प करेगा अब हमारी जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है रिग्रेशन वो क्या करती है आपकी जितनी भी इनपुट वैल्यूज़ हैं और आउटपुट वैल्यूज़ हैं उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करती है इक्वेशन फाइंड आउट करती है और उन इक्वेशंस जो उसने फाइंड आउट की अब नेक्स्ट टाइम कोई भी इनपुट वेरिएबल आएगा यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा तो उस वैल्यू को हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और वो वैल्यू कैलकुलेट होके हमारी प्लॉट होगी इस ग्राफ के अंदर एंड देन हम इस ग्राफ के अंदर से बता सकते हैं कि कौन सी मल्टीपल लीनियर एग्रेशन लाइन के आसपास जो है हमारा वो डेटा पॉइंट प्लॉट हो रहा है और उसकी हेल्प से जो है हम वहाँ पे उसकी क्लास को डिवाइड कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे तीन क्लासेस के अंदर हमारी रिग्रेशन लाइन डिवाइड है असाइनमेंट वन असाइनमेंट फाइव और असाइनमेंट टेन तो यहाँ पे जो है हम बार बार एक टेक्निकल टर्म का यूज़ कर रहे हैं रिग्रेशन लाइन तो लीनियर रिग्रेशन लाइन जो हमारी होती है ये बेसिकली है क्या चीज़ ए लीनियर लाइन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ रिग्रेशन लाइन जो एक लीनियर लाइन लेनीयर लाइन का मीनिंग है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो आप देख रहे हैं जो कि क्या कर रही है आपके रिलेशनशिप को शो कर रही है बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वो लाइन जो आपके वेरिएबल के रिलेशनशिप को शो करेगी और वो स्ट्रेट लाइन होगी तो उसको हम बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन लाइन अब रिग्रेशन लाइन भी जो है आपकी दो टाइप की हो सकती हैं ये वो दो टाइप है पहला है पॉजिटिव टाइप और सेकंड है नेगेटिव टाइप अब इसको हम यहाँ पे रिलेशन की बात कर रहे हैं और रिलेशन जब भी दो चीज़ों के दो आइटम्स के दो वेरिएबल्स के हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं को रिलीशन. तो दो टाइप्स के हमारे रिग्रेशन लाइन के रिलेशन होते हैं पहला हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन दूसरा हमारा नेगेटिव कोरिलेशन अब पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर क्या होता है जो भी हमारी वाई एक्सिस होती है हमारे ग्राफ के अंदर और जो हमारी रिग्रेशन लाइन होती है वो क्या करती है जीरो पॉइंट से लेके वो इंक्रीज़ करती है टूवर्ड्स द वाई एक्सिस अब आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या कर रही है ये हमारी ज़ीरो से लेके वाई एक्सेस की तरफ इंक्रीज़ कर रही है अब जो हमारा इसके ऑपोजिट केस है नेगेटिव कोरिलेशन का उसके अंदर क्या होता है हमारी जो रिग्रेशन लाइन होती है वो हमारी वाई एक्सिस के टॉप से लेके वाई एक्सिस के डाउन की तरफ डिप करती है और इसी चीज़ को जो है हम बोलते हैं नेगेटिव रिग्रेशन लाइन या फिर नेगेटिव कोरिलेशन तो ये जो है हमारा टेक्निकल टर्म्स में रिग्रेशन लाइन को हम एक्सप्लन करते हैं जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया दो टाइप होते हैं हमारे पॉजिटिव रिग्रेशन लाइन और नेगेटिव रिग्रेशन लाइन तो इस वीडियो के अंदर जो है हमने तीन चार कॉन्सेप्ट समझे सबसे पहले तो रिग्रेशन क्या होता है रिग्रेशन के मैंने आपको तीन टाइप बताए लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन और पॉलिनोम रिग्रेशन और इस वीडियो के अंदर जो है हमने स्पेसिफ़िकली लीनियर रिग्रेशन को जो है कम्प्लीटली डिस्कस किया है उसके टाइप्स डिस्कस किए हैं और कुछ टेक्निकल टर्म्स जैसे कि रिग्रेशन लाइन और उनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस जो कि यूज़ होती है जब हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं उन सभी को यहां पे डिस्कस किया है थैंक यू